आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से आप YouTube वीडियोस को बैकग्राउंड में प्ले कर सकते इस हैं इसके लिए आपको देखना होगा अगर आप वीडियो को स्कीप करेंगे तो आपको प्रोसेस समझ में नहीं आएगा तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते है इसके लिए आप अपना प्ले स्टोर को ओपन करे ओपन करने के बाद आप सर्च बार में टाइप करे वी एल फॉर एंड्रॉइड तो आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगा तो आपको इंस्टॉल करना है हम इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि पहले से ही हमारे पास इंस्टॉल है सिंपली आपको ओपन करके इसका जो भी परमिशन है उसको अलाउ कर देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस होगा हो देन आपको आ जाना है बैग फिर आपको ओपन करना है अपना यूट्यूब को तो जैसे ही आप यूट्यूब को ओपन करेंगे जो भी वीडियोज आप देखना चाहते हैं उसको सिंपली सर्च करें या आपका ब्राउज फीचर्स में जो वीडियो शो हो रहा है उसको आप प्ले करें प्ले करने के बाद आपको शेयर का एक बटन देखने के लिए मिल जाता है तो आप सिंपली शेयर का बटन पर टैप करें जैसे ही प्ले विथ वी एल पर टैप करेंगे आपका जो यूट्यूब वीडियो है वो वी प्लेयर में आ जाएगा सिम्पली आपको थ्री डॉट पर टैप करना है टैप करने के बाद आपको पॉप प्लेयर का एक बटन दिख रहा है आपको इस पर टैप करना होगा तो अब जैसे ही टैप करेंगे आपका जो वीडियोस है वो पॉपअप प्लेयर में आ जाएगा फिर आप अपने हिसाब से ड्रैगन ड्रॉ करके अपना फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप कुछ भी चला सकते हैं साथ में आप यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो में एक लाइक करें अगर आपका कोई सजेशन या फीडबैक है तो हमारे कॉमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन को प्रेस करे थैंक यू एंड गुड बाय